देवताओं का अभिषेक करवाएंगे सुबह छह बजे उठकर आश्रम करके दंधातले सो माला गुरु मंदिर का जब करेंगे और आप यहाँ आके बैठेंगे फिर यहाँ अपने पास जितने भी गुरु ये गुरु पालुका जो ने गुरु ने स्वयं अपने चरणों में पहनकर पानीपत के गुरु पूर्णिमा में मुझे प्रदान किए थे उस गुरु पूर्णिमाओं का कल आप सभी से अभिषेक करवाऊंगा और गुरु उसका अभिषेक के बाद मैं गुरुमंडल गुरु गुरु गुरु तो गुरु गुरु गर्व करता है आपके जीवन पर और आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिले ऐसी ही गुरु को आपकी, आपकी लिए आप सभी से निवेदन है जितने भी आश्रम में देवताएं हैं उन देवताओं का छह से सात बजे में आप अभिषेक करेंगे उसको धोेंगे पुष्प हाथ चढ़ाएंगे अष्टोत्तर करेंगे और नैवेद्य चढ़ाएंगे ये नहीं उसके लिए झगड़ा करना कोई बात नहीं है समझो बढ़ जाओ एक दस दस लेकर क्यों कह रहा हूँ कि आपका कल का गुरु पूजन गुरुपालिकाओं पर आपका स्थल रखना भी आपके लिए श्रेष्ठ विद्या और श्रेष्ठ साधना और श्रेष्ठ सफलता से प्रदान करने वाला कह आज गुरुजी ने जिस दिन मुझे उन पालुकाओं को मैं लेकर गया था पानीपत के शिविर में और गुरु जी के चरणों में अद्भुत करना चाहता था चांदी की पालुकाएं थी गुरुजी ने देखा और कहा जोशी की जोशी पालुका जो वहां से लाए हाँ तो गुरुजी पहने और उसके ऊपर उन्होंने मंत्र बुलाया और कहा कि उसके ऊपर पुष्प चढ़ा मैंने चढ़ाए गुरु बहुत देर तक उन पालुकाओं को अपने पाँव में पहनकर रहे और कहा जोशी इन पालुकाओं को ये तेरी धरो में आने वाले पीढ़ियों के लिए ये पालुका काम करेंगे इन पालुकाओं को जिस इन पालुकाओं को तो सर पर रखकर तो है। हैदराबाद ले जाना है और वो पालुका आज भी मेरे घर में वहां से और मैं कहता हूँ उन पालुकाओं की शक्ति है गुरुपालुकाओं की शक्ति जो आज मेरे घर काम कर रही है और आप सब उन्हीं पालुकाओं तो का कल अभिषेक होगा और उन पालुकाओं के ऊपर गुरु जी ने जो विशेष साधना दी जो गुरु कृपा दी थी वो साधना में कल सुबह सुबह अभिषेक के बाद करवाऊंगा और आपके सर ऊपर उन पालुकाओं को आपके सर ऊपर रखकर वो श्रेष्ठ साधना आपके यहाँ गुरु पूर्णिमा के इस भव्य और दिव्य दिवस के दिन करवाऊँगा गुरु मंडल की सिद्धार्श्रम की योग्यों से प्रार्थना करूंगा कि हम सब पर आपको इसी विशेष कृपा करें और आशीर्वाद दें कि हम सिद्धार्श्रम तक पहुँच सके हमारे प्रति सदगुदेव प्रभ स्वामी मिथिलेश्वर जी जहां संचालक मंदिर भी काम करें और जहाँ है जहाँ रहते हैं और जिनने सिद्धार्श्रम का मार्ग बताया है हम वहाँ आने के लिए आप किसी प्रकार का निर्माण करते न करते हुए आप पर आशीर्वाद प्रदान करें और हमें सामर्थ्यान बनाए ऐसी प्रार्थना कल गुरु, गुरु के में कर, किसी दिन वो विशेष जिसके ऊपर कहता भाग्य के लिए उन बिलु पत्तरों को अपने घर में रखकर उसके पाउडर को या उस पत्तों को खा लेता है उसके जीवन में उसके शरीर में किसी प्रकार का भी रोग हो वो कम होता है वो पालुकाए गुरु जी स्वयं अपने चरणों में पहनकर मुझे दिए थे और मुझे गर्व है कि मैं उन पदकों को मेरे घर में रखकर आज तक भी अनुभव करता हूँ कि मेरे शिष्य या सिद्धार्षण के योगी या आश्रम में रहने वाले इतना कोविड का दो साल का समय नजीक नजीक गुजरा लेकिन किसी को किसी प्रकार का आया हुआ किसी को शक्ति है और, और मैं आपको कहता हूँ कि ग्यारह ऐसे इसीलिए मैंने यहाँ बेरोके इतने झाड़ लगाए हैं कि कम से कम हमारे आश्रम में एक सौ आठ के झाड़ होंगे मैं नहीं के कि केवल 11 पत्र आप कल होने के तो को रखते हैं और उस विशेष मंत्रों के साथ वो बीमारी आपके अब आप तक तो छुएगी नहीं आएगी भी तो चली जाएगी ऐसी साधना कल गुरु पूर्णिमा के दिन दिव्य दिन मैंने आप यहाँ एक विशेष साधना कल करवा कर गुरु पूर्णिमा की का समापन करूंगा और इसके लिए आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि आप इस कार्य में सहयोगी हो सहकार्य हो और गुरु को प्राप्त करें गुरु जी की सत्कृपा प्राप्त करें और आगे जीवन को दिव्य जीव और भव्य बनाएं ऐसी ही आशा रखता हूँ आप सभी को जैसे मैंने कहा है कि कल सुबह छः बजे उठने के बाद आप मंदिरों में जाकर जहाँ यहाँ या मंदिर में पूजा करने वाले हैं उनकी, उनकी आज्ञा लेकर शादी भगवान को अच्छी तरह धोकर खोज कर दंदादी पुष्टों से उनकी पूजा करते हुए अट्टोत्र कर आरती कर यहाँ आकर बैठेंगे और उसके बाद सोलह माना गुरु मंदिर जप करेंगे तब तक मैं इस, मेरे पास जो गुरु पालुकाएँ हैं और जो गुरु जी का विग्रह है उसको उसका अभिषेक यहीं करने दूध के साथ अभिषेक करने के लिए मैंने कहा है उस अभिषेक की मूर्ति को यहाँ लाऊंगा अभिषेक होने के बाद उन पालुकाओं को और लिए रखूंगा और वो पालुकाएँ आप लेकर उसके ऊपर आप कर आप उस दिव्य अनुभूति को अनुभव करें जो मैंने अनुभव किया आपको चाहता हूँ कि वो सारी दिव्या अनुभूति और आपकी विशेषता आपकी जीवन में हो ऐसा ही आशीर्वाद देता हुआ मैं यह कि आज का यह दूसरे दिन का कार्यक्रम यहाँ समापन करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि हम जिस वर्षा में आज भीग रहे हैं ये पहली बार नहीं है मेरे पूरे बाईस साल में इसमें हर छह साल को एक बार ये वर्षा आती है और हम इसी तरह भीगते हुए ही गुरु पूर्णिमा करने मैंने अगर आपको असुविधा असु दी है तो मैं इससे जाना नहीं करता बहुत प्रयत्न किया हूँ कि आपको सोने के लिए रहने के लिए बहुत सारी सुविधा दो और सब किया हूँ लेकिन शायद आप फिर भी किसी प्रकार की असुविधा अगर आप जानते हैं तो ये अब इसके बारे में इसके बताना मैं कुछ नहीं करता आपको भोजन में रहने में सोने में कोई भी असुविधा हो तो यह समझ कर पढ़ा करना कि हम हमारे घर में आए हैं अगर और अच्छा दिन हो तो जरूर इसको एक बड़े भवन में प्रवेश भी करूँगा आपको आपको रहने के लिए और भी सुविधाएं सुविधाजन कार्यक्रम बनाऊंगा। अगर गुरु जी का मंदिर बने और गुरु पूर्णिमा के दिन हम जब आएंगे तो अच्छे महल में रहे ऐसा ही महल बांधूंगा ऐसे अच्छा रखता हूँ मैं आपको असिल प्रदान नहीं करना चाहता आपको जीवन में वही सुविधा चाहता हूँ जो आप अनुभव करें और ये कहे कि हम घर में भी गुरु जी ऐसा हमने जीवन या रहने के लिए हमने नहीं सोचा जब यहाँ आते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं हमारा खाना पीना सोना सब आप ऐसा जितने कहते हैं मुझे बहुत संतुष्टि प्रसन्नता होगी कि आप यहाँ आए हैं और ये प्रसन्नता के साथ कह रहे हैं लेकिन अगर आप गलती से भी कह जाते हैं गुरु जी हम, हम यहाँ बहुत असुविधा अनुभव कर रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता अगर बारिश नहीं होती तो और भी अच्छा कर सकता था लेकिन उस बारिश का अनुभव मैं भी कर रहा हूँ और आप भी कर रहे हैं और दूसरी जगह पूरे भारत में देखा जाए तो मुंबई से लेकर नागपुर तक सत्तर वर्षा का यही हाल है सारे प्रोजेक्ट खोल लिए गए हैं फिर भी हम यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं तो हम एक तरह से हम पूरे सुरक्षा में हैं और ऐसा ही रहना चाहिए नहीं आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही रहें और मैंने जैसे आपको कहा है अगर आपकी है, तो आप लक्ष्मी यंत्र तो आपके पास रख कल सुबह गुरु का पूजन करने के लिए आपको आह्वानित करता हूँ आपको आपको चाहता हूँ कि आप इस गुरु पूर्णिमा के दिव्य भाव को अपने दिल में रखकर पार्टी पूर्ण भाव के साथ पूर्ण शक्ति के साथ सोधा माला गुरु मंदिर जब करके आप यहाँ आएंगे और इस साधना को संपन्न करेंगे और यहाँ सत्य है आप आनंद के साथ यहाँ से जाएंगे और उस आनंद के साथ ही मेरे पास हर बार आनंद के साथ ही आएंगे ऐसे अच्छा रखता हुआ यहाँ आज का दिन ये समापन करता हूँ आशा करता हूँ कि आप सभी को वो एक चैतन्यवान अच्छा दे और उसके बाद हम जय घोष कर आज का दिन समापन करते हैं आप एक भजन सुना दो और सभी लोग एक बार उठ के खड़े होकर और हम चैतन्यवान है सोरे नहीं बैठे बैठे होंगे ऐसा